गौर लगे हमर नाम अनक झा और आई के हमर सबके चैनल पर स्वागत है हम अह माफी चाहे कि हम अपन अगला वीडियो के बनावा में तीन महीना के समय हमरा लेक चाहे छाही हम अगला बेर से, एक से गलती एको बेट दोब नहीं कि दिन पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा राम जी के अयोध्या में नव मंदिर के उद्घाटन भेल उससे पूरा भारत जगमग और संगे संगे खुशहाल से खुशहाले और जखन नरेंद्र मोदी जी अपन भाषण ना द उनकर पहला शब्द या फिर पहला वाक्य छे सियावर रामचंद्र की जय तहन हम सब ये तो समय बुझ रहा कि सियावर के छा रामचंद्रख लेकिन हम सब समय उसमें चीज़ विसर गलिए कि सिया के, चल के ना। अब हम ताई बार छज जनो सिया के बारे में अ वीडियो में तहन अहाँस बुझ गए है कि सिया के छ सीता माता चल के ना। और सीतो माता के कहानी के बुझल यो मिथिला के राजकुमारी जहाँ के राजा महाराज जनक और राजधानी जनकपुर चले लेकिन लेकिन आप तो जनकपुर या नेपाल में लेकिन ओकर दक्षिणी इलाके इलाका के उस समय के दक्षिणी इलाका मिथिला के जेना के मधुबनी दरभंगा मुजफ्फरपुर पूर्णिया एनाते बहते नगर से, बहुते जिला से। मैथली मैथली सब बहुत जिला अखनों उसलायल जा लेकिन अब मैथिली के मैथिली भाषा हम सब सूझे कि मैथिली भाषा से मैथिल भाषा है और मैथिल सब उसे हो आदमी कैसे और उनकर उनके भाषा होकर इतिहास बहुत नम्हर है लेकिन आप से मैथिली के पहचान त्रेता युग के मुकाबले बड़ कम आय कल अलग अलग भाग सब में मैथिली मेंज में ला लाज आवे कारण उनका चीज उनके लगे कि लोग सब लोग सब लोग कि चीज कौन भाषा बाज रहा कौशी बाजे मूर्ख है तहीला चीज के डर सतावन और मैथली नहीं बजे और अपन अगला पीढ़ी के, के मैथली लिए सीखन जा अगला पीढ़ी के मैथली के बारे में कि ज्ञाते नहीं रहे चाहिए। लेकिन अगर अग एना कह रही अगर कोना कह रहे तहन से अपन अपन मातृभाषा हो अपमान कह रहा मातभाषा के अपमान केना मतलब माता के अपमान हुई और केना तो अगर चीज़ से अपन अहा जो बाजि भाषा अपन मैथिली भाषा ये मातृभाषा बजी से मान घटत नहीं उल्टा अहा के मान, हाँ मान बढ़त यदि अहा जो बाजी मतलब देश के अलग अलग कोना सब में देश के अलग अलग भाग सब मेंजी तहन वही ठम के लोग सब, ए, ए नहीं की, चीज़ नहीं बुझते कि ये कौन भाषा मूर्ख है लोग सब चीज बुझे वाला कि वाला भाषा कौन के लिए एक, एक बाजिल के ना जा भाषा के बारे में जाना के कोशिश करते और वाला आदमी भाषा बजे मतलब जे वाला मैथिली भाषा उनको सब सबकी मान बढ़ते कि वो एहन भाषा बजि रहा है जकर इतिहास इतने ज़्यादा पुरान है त्रेता युग के काल में से मैथिली के इतिहास है भाषा के इतिहास है तहन ये चला हमारा सबके अ निवेदन कि जे हम सब कहलिए बस देख नहीं फॉलो करब और संगे संगे आई वाला वीडियो के लाइक दे क और यदि अगर पसंद आ भी नहीं पसंद डिसलाइक आए दे कब और अगर अँ के नॉर्मल लागल तहन अंकिछ नहीं और संगे संगे हमारे चैनल के सब्सक्राइब दिया और जखनेक्राइब करो बेलाइकन एत जहाँ के ऑल के ऊपर सेट कर और संगे संगे अ वाला वीडियो के ज्यादा से ज्यादा भारतीय सबके शेयर करूँ और हम अहम भेट कर हमारे अगला वीडियो में तक के गोर गौर लगैसी जय मिथिला